तो कस्टम फॉर्मेटिंग में हम पॉजिटिव निगेटिव टेक्स्ट और जीरो के बारे में जानेंगे अब जैसे कि मैंने आपको कल बताया था प्रवीण जी कि हमने फिफ्टीन हंड्रेड लिखा तो फिफ्टीन हंड्रेड के आगे या पीछे मुझे कोई टेक्स्ट ऐड करना है यहाँ पे फिफ्टीन हंड्रेड करना है ठीक है तो नॉर्मली जो टाइप कर देंगे तो फिर उस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होंगी इसके ऊपर किसी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है तो मैथेमेटिकल कैलकुलेशन भी पॉसिबल हो और ऐसा दिखे भी इसके लिए हम करते हैं यूज कस्टम फॉर्मेटिंग तो हम होम में जाते हैं नंबर में और जाते हैं हम यहां कस्टम में और कस्टम के अंदर आप देखेंगे यहां पे हम यूज करेंगे अपना कोड तो आपको यहाँ जो आप शो करना चाहते हैं जो करेक्टर जो टेक्स्ट आप शो करना चाहते हैं उसको इन्वर्टेड कॉमा में लेके डाल दीजिए जी हाँ इन्वर्टेड कॉमा में लेके डाल दीजिए जैसे मैंने डाल दिया एम आर पी और जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि अगर इसके आगे मैं किसी तरह का करेक्टर ना दूं, तो रिजल्ट इस तरह से आएगा एम आर पी सिर्फ आएगा आपकी जो नंबर है वो नंबर विजुअल नहीं होगा तो बेसिकली एमआरपी जस्ट विजुअल है एक्चुअल में आपका 1500 ही है क्योंकि तो मैंने कल ये भी बताया था आपको कि किसी तरह की फॉर्मेटिंग आपकी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करती है वो जस्ट आपकी विजुअल वैल्यू को चेंज करती है तो यहां पे हम क्या करेंगे यहां पे हम इसको शो करने के लिए हम नंबर के कस्टम में जाएंगे और यहां एक हैश यूज करेंगे या एक जीरो यूज करेंगे तो हैश और जीरो को तो यूज़ करें ये भी हम आपको समझा दिए थे कि जीरो करेंगे तो डिजिट मेंटेन करेगा हैश करेंगे तो डिजिट मेंटेन नहीं करेगा फिर एंटर प्रेस करते आपके सामने एम आर शो हो गया ओके एमआरपी फिफ्टीन शो हो गया अब यहीं पे बात आती है कि अगर मैं यहां नेगेटिव में रखू तब क्या शो होगा तो माइनस शो होगा लेकिन मैं चाहता हूं कि नेगेटिव जब हो तो एम आरपी की जगह पर डिस्काउंट शो करे तो इसके लिए हम कस्टम में जाएंगे देखिए कस्टम में क्या होता है चार पोजीशंस होते हैं पॉजिटिव अभी जो हम डाला वो बाइंडफुल पॉजिटिव में ले लिया अब मुझे निगेटिव का डालना है तो हमें सेमिकोलन डालना होता है और सेमी में मैंने यहां पर कर दिया डिस्काउंट और यहां पे जीरो दे दिया डिस्काउंट और जीरो दे दिया तो अब यहां पे डिस्काउंट शो हो रहा है तो यह सेम उसी तरह से है जब कोई फॉर्मूला लगाते हैं आपने इफ का फॉर्मूला लगाया तो इफ के अंदर तीन पार्ट है ना लॉजिकल टेस्ट वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ फॉल्स तो हम एक चीज डालेंगे फिर कॉमन आके फिर दूसरा चीज फिर कॉमन आ तीसरा चीज डालते हैं सेम उसी तरह से कस्टम फॉर्मेटिंग में आपका यहां पे पोजीशंस होते हैं कि आप सेमी कॉमा का जगह सेमी पॉलिंग चलता है कि पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव और जो तीसरा होता है वो होता है जीरो तो जीरो में जैसे मैं कर देता हूं फ्री जब जीरो टाइप करूं तो वह शो करे फ्री तो यहां पे देख लीजिए अगर मैं जीरो यहां पर नंबर टाइप करता हूं तो एमआरपी माइनस ने किया तो डिस्काउंट और जीरो कर दिया तो फ्री और इसके बाद यहां पे अगर मैंने एट रेट दिया हमने क्या दिया एट रेट तो एट रेट होता है टैक्स के लिए ध्यान तो देखिएगा जीरो और हैश नंबर को रिप्रेजेंट करता है और एट रेट आपका करता है का तो अगर यहाँ लिखता हूं, तो तो तो तो अगर अगर कोई लिखता के आगे हम एन एन एन लगाना चाहते हैं तो स्लैश ए और यहाँ पे हम कर दिया तो करने से फिर दिखेगा अगर ना करेंगे तो कर चौथा पोजिशन जीरो नहीं लेगा एट द रेट लेगा एट द रेट दिया अब ओके कीजिए ले लिया तो यहां पे हम नंबर डालेंगे तो एमआरपी माइनस में डालेंगे तो डिस्काउंट और जीरो डाल दिया तो फ्री और किसी तरह का दिया तो उसके आगे एन ए करेगा तो प्रवीण जी समझ में आया आपको क्या यूज हुआ इसका सर एक बार इसको ना रिपीट कर दीजिए सर थोड़ा सा डाउट है इसमें चलिए हम इसको इसको दोबारा रिपीट करते हैं लेकिन किसी और अब आपको क्या है कि कि मान लीजिए मेरे मेरा जो अटेंडेंस सीट आया है वो आया है हमारे मान लीजिए एडमिन डिपार्टमेंट से जो कि आपका बायोमेट्रिक डेटा या एक्सेस कार्ड का डेटा है कि आपने को ओपन करने के लिए कितना बार यूज किया है अपना एक्सेस कार्ड या थंब पता है ऑफिस में थम लगाते हैं और दरवाजा खुल जाता है फिल्म भी देखा होगा आपने तो बायोमेट्रिक है तो मा अब होता क्या है कि लोग ऑफिस में जाते भी हैं और ऑफिस से बाहर भी आते हैं ऑफिस में जाते भी हैं और ऑफिस से बाहर भी आते हैं तो एडमिन टीम ने बोला कि भाई ये रहा डेटा कि एक तारीख को पूजा ने चार बार अपना एक्सेस कार्ड या अपना थंब यूज किया है मेन डोर को ओपन करने के लिए तो इसका मतलब है कि पूजा उस दिन आई है ठीक है उसी तरह से यहां पर देखिए यहां पे चार जनवरी में ओम जो है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इसका एक्सेस कार्ड यूज हुआ हो या थम यूज हुआ इसका मतलब है कि दिन इस दिन वो नहीं आया क्लियर सर तो यहां पे हमें दो तरह का डेटा है जीरो एंड पॉजिटिव्स नंबर पॉजिटिव्स नंबर इट मींस कि वो प्रजेंट था और जीरो इटमीन्स वो अपसेंट था अब मुझे यहां पे जो प्रिंट आउट निकालना है वो प्रिंटआउट मुझे यहां पे शो करना है कि अगर यहां पे नंबर्स हुए पॉजिटिव्स नंबर्स हुए तो हमें पी को शो करना है और नेगेटिव्स नंबर हुए तो वहां नेगेटिव्स तो है नहीं इसमें जीरो हुए इसका मतलब अब शो करना है तो हमें कुछ नहीं करना है अपना डेटा को सिलेक्ट करना है और ये मेथड जो मैं बताया हमने क्या बताया इस मेथड में कि पहला पोजीशन होता है आपका पॉजिटिव्स नंबर का दूसरा पोजीशन होता है निगेटिव नंबर का तीसरा पोजीशन होता है आपका जीरो का और चौथा पोजीशन होता है टेक्स का अब ये इसको सीक्वेंस में डालना होता है चारों डालना जरूरी नहीं है लेकिन जो भी डालिएगा सीक्वेंस में डालिएगा अगर तीन है तीन तक डालिए दो है दो तक डालिए एक है एक तक डालिए तो यहां पे मेरे पास दो है लेकिन बीच में गैप है किसका निगेटिव का तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम में P को यहां पे टाइप करेंगे. फिर देंगे अब पहला पोजीशन किसका था पॉजिटिव्स नंबर्स का अब दूसरा पोजीशन आता है निगेटिव नंबर का तो निगेटिव नंबर तो मेरे पास है नहीं तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं खुद से जाते हैं और तीसरा पोजिशन था आगे जो कि हमारा जीरो का है यहां पर हमने एक कर दिया इट मीनस अपसेंड एंड ओके कीजिए आपके सामने डेटा शो करा